जो पकड़ेगी सारी उम्र पछताएगी और किसी को चाके बना ले तू अपना दिलदार आगे प्यार पीछे तुझे समझा के हारा